वेलकम टू आई टी चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स Math का फिर से नया टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ पिछली क्लास में मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया हुआ था अब मैं आज आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आया हूँ जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम पर पिछली वीडियो नहीं देखी सिंपल इंडस्ट्री वह आई बटन के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है यदि कोई धन 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लगाया que तो हमारा कितना 40 40 हमसे पूछा गया गया था दर मतलब r बराबर में कोई धन 10 प्रतिशत आर्थिक ख्याल की दर से लगाया गया तो कितने वर्षों में यह धन अपनी पांच गुना हो जाएगी तो कितने वर्ष आगे हमारे टू वाई मल्टीप्लाई 100 तो वाई की वैल्यू कितनी है 5 5 100 तो 10 0 2 4 40 कितना 40 प्रतिशत जो हमारी दर आ गई यही चीज़ पूछा गया है ब्याज की दर निकालनी थी ये हो गया हमारा क्वेश्चन तो बराबर बराबर जो होगा कितने प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत है है तो इतना इतना इतना है? दो। तो तो y y हमारा कितना कितना की वैल्यू हो हो गई गई ब्याज तो ये हमारी में क्या पूछा है किसी का कितने वर्ष वर्ष बाद बाद के के मतलब मतलब पूछा है n n की वैल्यू तो बराबर y दो मतलब 5 मल्टीप्लाई सौ बराबर पांच दस जीरो दो 4 तो मतलब आ गया चालीस वर्ष हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड अब हम क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलेंगे क्या पूछा जा y yes. चालीस प्रतिशत तो ये हमारा क्वेश्चन तो नंबर फोर जो कि कंप्लीट हुआ अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव करने से पहले हम चक्रवृद्धि मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला देखेंगे तो चक्रवृद्धि मिश्र बराबर हम उतना नहीं है तो इसमें क्या होगा पी माइनस ए मतलब मूलधन माइनस मित्रधन a my like आज है P 12 मतलब मतलब दर दी हुई 3 n दिया गया वर्ष मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज में तो दोनों का p बारह सौ मल्टीप्लाई 103 सौ तीन बटे सौ गुणे एक बटे सौ माइनस बारह 103 हंड्रेड थ्री मल्टीप्लाई वन हंड्रेड थ्री मल्टीप्लाई थ्री पूरे कपटे पच्चीस